नमस्कार तो आज के हेडिंग आप लोग देखिए लिए होंगे यूपीएससी टॉपर या एक और रैपर ये हेडिंग इसलिए हम दिए हैं कि बहुत सारे लोग जो यूपीएससी टॉपर करते हैं जैसे अभी रिजल्ट आया है यूपीएससी का तो बहुत सारे छात्र छात्राएं टॉपर किए हैं तो हम या आप चारों तरफ से क्या करते हैं उनका फोटो लगा करके ट्वीट करते हैं उनको बधाइया देते हैं आप भी बधाइया देते हैं अगर आपके क्षेत्र का है चाहे मेरे क्षेत्र का है तो हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि चलिए मेरे क्षेत्र का एक छात्र छात्राए जो भी है रिजल्ट लाया है बहुत अच्छा किया है और उसको देते हैं ऐसी हम सारे लोग करते हैं मीडिया वाले भी जब जो यूपीएससी टॉप करता है उसके पास जाता है मीडिया वाला सवाल करता है कि बताइए आपने कैसे तैयारी की कैसे एग्जाम दिए कैसे इंटरव्यू को सामना किए और बीच बीच में आपकी जो पढ़ाई हुई उसमें जो आपके साथ जो भी समस्या आई उसका संघर्ष आप कैसे किए कैसे करके आपने ये यूपीएससी टॉप किए ये सारे सवाल पूछते हैं लोग और वे लोग जवाब देते हैं साथ ही ये सवाल वे लोग करते हैं कि आप ये बताइए कि आपसे जो जूनियर लोग हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो कैसे वो पढ़ाई करे की आपके जैसे वे यूपीएससी का रिजल्ट एक बार में निकाल ले यही सवाल मीडिया वाले करते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं जबकि मीडिया जो संविधान का चौदह स्तंभ माना जाता है तो उनको ये सवाल करना चाहिए कि आप ये बताइए कि आप तो यूपीएससी टॉप कर लिए यूपीएससी की रिजल्ट फाइट कर लिए तो आप बताइए अब आप तो आपको किसी विभाग का सचिव बन सकते हैं बन सकती है या बन सकते हैं या किसी जिले का डीएम बन सकते हैं कुछ तो कुछ बनना ही है आपको और वो भी बनना है को आपके अंदर में बहुत सारे लोग काम करेंगे तो आप ये बताइए कि आप जो पढ़ाई के समय में मान लीजिए कहीं ब्लॉक में गए होंगे चाहे जिला में गए होंगे चाहे किसी भी अन्य कार्य से गए होंगे तो आप देखे होंगे या सुने होंगे अपने परिवारों से कि घूस लगता है भ्रष्टाचार बहुत है तो इस समस्या को कैसे आप समाधान कर पाइएगा अगर आप किसी भी विभाग का सचिव बन जाती है या बन जाते हैं या किसी जिला का डीएम बन जाती है या बन जाते हैं तो यह सवाल मीडिया वाला नहीं करता है जबकि मीडिया वाला को यह सवाल करना चाहिए बताइए अगर आप नए हैं और आपको तो कोई ना कोई विभाग मिलेगा किसी विभाग का सचिव बनिएगा या किसी जिला का डीएम बनिएगा तो बताइए कि आप उस क्षेत्र में कितने आम जनता को संतुष्ट करवाइएगा कि हम एक ईमानदार ऑफिसर हैं ईमानदार एक जिला अधिकारी हैं चाहे एक ईमानदार किसी विभाग का सचिव है यह सवाल मीडिया वाला नहीं करता है जबकि ये सवाल करना चाहिए उसको और टॉप करता है तो बहुत ही ट्वीट पे ट्वीट ट्वीट पे ट्वीट फेसबुक पर कोई पोस्ट करता है देता है है कि ये टॉप की वो की है, है डिस्टेंस जब अगर आप 15 साल का आप रैंक उठाकर देखिएगा जो भी यूपीएससी टॉप किया है वो अपने क्षेत्र में जहाँ भी जो भी विभाग मिला हो वो उस विभाग में वो काम के क्षेत्र में टॉप नहीं रहा है मतलब जिस भी विभाग में हो चाहे वो जिस क्षेत्र का डीएम बना हो वो अपने क्षेत्र में काम के रैंक में कहिए तो वो टॉप नहीं रहा है यूपीएससी भले ही टॉप किया हो लेकिन अपने क्षेत्र में जो काम के क्षेत्र में होता है जो सरकार की योजना है उसको धरती पर उतरना होता है और उस क्षेत्र में टॉप नहीं रहता है टॉप कौन रहता है वही जो नीचे से अपना गिनती करते हुए रिजल्ट केवल देखता है कि हम पास कर चुके हैं यूपीएससी फाइट कर चुके हैं जिसका नाम ना हम लेते हैं न कोई मीडिया वाला लेता है न कोई पूछने जाता है बस वो इतना खुश रहता है कि मेरा यूपीएससी फाइट हो गया अब हमें जॉब मिल जाएगा अब हम एक ईमानदार ऑफिसर बन पाएंगे या ईमानदार किसी भी क्षेत्र का मैंने किसी भी विभाग का सचिव बन पाएंगे वही व्यक्ति काम के क्षेत्र में सरकार की सारी योजनाओं को धरती पर उतारने के क्षेत्र में टॉप रैंक पर रहता है आप देख लीजिएगा किसी भी क्षेत्र का डीएम का आप उठाकर देख लीजिएगा या पांच साल का रिजल्ट हो चाहे पंद्रह साल के अंदर का रिजल्ट हो आप यूपीएससी का उठाकर देखिएगा जो भी टॉप किया है वो अपने काम के क्षेत्र में कहीं टॉप नहीं रहा है टॉप रहा है जो नीचे से निचले रैंक से वो अपना केवल रिजल्ट क्षेत्र में टॉप करता है, है। सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाता है और घूस भ्रष्टाचार से वो निपुण रहता है पूर्णतः पूंड, तो निपुण नहीं होता होगा लेकिन फिर भी वह जिस क्षेत्र में रहता है अच्छा काम करता है और उसके क्षेत्र में भ्रष्टाचारी जो है है चाहे घूसे वो कम मतलब मात्रा में रहता है। तो हम वैसे को, वैसे को को छात्राओं नहीं देखते हैं। बस जो टॉप कर गया टॉप कर टॉप कर एग्जाम टॉप कर, कर, कर लिया ठीक है तुम जिस क्षेत्र में जा रहे हो जिस विभाग में जा रहे हो उस क्षेत्र में भी तो टॉप करके दिखाओ सरकारी योजनाओं को सही इस्तेमाल करके दिखाओ जमीन पे उतार के दिखाओ अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचारी जो है जो घुसखोरी उसको समाप्त करके दिखाओ तब न टॉप कहा जाएगा जी हाँ एग्जाम टॉप निकाला तो उसी तरीके से अपने क्षेत्र में काम भी कर रहा है घुसखोरी समाप्त कर दिया जिस क्षेत्र में गया उस क्षेत्र में लेकिन ऐसा नहीं कोई करेगा और नहीं मीडिया वाला इसके बाद पूछने जाएगा कि आप तो टॉप किए थे एग्जाम यूपीएससी में टॉप आई थी चाहे आए थे लेकिन आप अपने काम के क्षेत्र में टॉप नहीं रहिए कोई मीडिया वाला पूछने नहीं जाता इसीलिए हमने हेडिंग दिया है कि यूपीएससी टॉपर या फिर एक और रैपर हम तो मान लीजिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं ना भाई और अपने आप को प्राउड फील करते हैं जो ये यूपीएससी में टॉप रिजल्ट लाया है चाहे फाइट कर गया है लेकिन जब जॉब लग जाता है उसको वो किसी जिले का डीएम बन जाता है किसी विभाग का सचिव बन जाता है तो वहीं पर प्रक्रिया रहती है जो पिछले ऑफिसरों का प्रक्रिया रहती है जो घूस लेना काम करना सही से सारी सरकार का जो योजना है उसे धरती पर नहीं उतरना है उसे ऊपर से उपरे घोटाला कर लेना यही काम रहता है तो हमें तो नहीं खुशी होती है ऐसे टॉपरों से हम टॉपर तो उन्ही को मानेंगे जो भले निचले रैंक से उसका रिजल्ट देखा जाए लेकिन वो अपने काम के क्षेत्र में टॉप किया हो जिस क्षेत्र में वो जिस भी दायित्व पे हो जिस भी पद पे हो उस पद पे भ्रष्टाचार और घुसखोर को समाप्त करने में मतलब अहम भूमिका निभाया हो और सरकारी योजनाओं को धरती पर उतारने में अहम भूमिका निभाया हो अगर आपको नहीं लगता है तो आप देख लीजिए मेरे जिले का मेरा जिला है जिला पश्चिमी चंपारण वर्तमान डीएम है श्री कुंदन कुमार जी उनका हिस्ट्री उठा देख लीजिए जब से वो चंपारण आए हैं पश्चिम चंपारण में मतलब आए हैं तब तो से वे काम के क्षेत्र में इतने टॉप हैं ये पूछिए मत पूरे बिहार में उनका नाम है पूरे भारत में उनका नाम है हमें तो ये मालूम नहीं है कि वे यूपीएससी में टॉप रहे थे कि नहीं रहे थे लेकिन इतना विश्वास है कि यूपीएससी में टॉप नहीं किए होंगे फिर भी वे अपने काम के क्षेत्र में टॉप हैं आज चंपारण मॉडल के नाम से पूरा बिहार में प्रसिद्ध है और प्रधानमंत्री के द्वारा दो दो बार वो पुरस्कार पा चुके हैं और वे चंपारण को फैक्ट्री के रूप में हब बनाने जा रहे हैं जो सरकार कुछ नहीं कर सकती है उस भी काम को वे अपने स्तर से किए हैं और कर रहे हैं जिस समय पूरा देश कोरोना काल में अस्त व्यस्त था उस समय वे वैसे कारीगरों को तलाश किए जो बाहर में जाकर के एक लेबर के रूप में काम करते थे उन सभी को तलाश करके उनको फैक्ट्री खुलवाना लोन पास करवाना उनके माल को देश कौन का विदेश में भेजवाने का काम उन्होंने किया और आज चंपारण मॉडल के नाम से पूरे बिहार में प्रसिद्ध है और उस वो चंपारण को चंपार फैक्ट्री का हब बनाने जा रहे हैं और बना भी रहे हैं तो ऐसे होने चाहिए अगर यूपीएससी आप टॉप करते हैं चाहे रिजल्ट लाते हैं तो ऐसे अधिकारी होने चाहिए आप जिस क्षेत्र का डीएम बने जिस भी विभाग का आप सचिव बने उस क्षेत्र में घुसखोरी भ्रष्टाचारी को समाप्त करना चाहिए और सरकार के साथ साथ अपने स्तर से भी ऐसे काम करना चाहिए कि जनता के बीच जनता के नजरों में आप बस जाएं और सरकारी जो भी काम है उसको जनता के बीच उतार दें कि लगे हाँ जो सरकार काम करती है उस सरकार की सारी चीजें हमको मिलती है तो जो भी इस बार यू टॉप किए हैं उन लोगों का मेरा यही उद्देश्य था कहना कि ऐसे ऐसे डी से सीख ले ऐसे ऐसे जिला अधिकारी से सीख ले ऐसे ऐसे ऑफिसर से सीख ले केवल यह ना देखे कि हम एग्जाम टॉप कर गए यू टॉप कर गए यू फाइट कर गए अब हमें तो जॉब मिल जाएगा कौन रोकने वाला है लाखों लूटो कमाओ कोई बात नहीं इसीलिए हम ये हेडिंग दिए थे कि यू टॉपर या एक और रैपर तो ध्यान दे और मेरे बातों को बुरा मत माने क्योंकि अक्सर यही होता है जो भी यूपीएससी बीपीएससी भी निकलता है लो तो यही होता है हम आप सभी ट्वीट करते हैं फेसबुक पोस्ट करते हैं शुभकामनाएं देते हैं लेकिन जब वो अपने पद पे बैठ जाता है अपने दायित्व पे बैठ जाता है तो वे वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता है खैर आशा की आप सभी ऐसे ऑफिसर से सीख लेंगे जो जो पुराने ऑफिसर हैं और इस तरीका से काम किए हैं वैसे ऑफिसर से जो जो लोग इस बार यूपीएससी फाइट किए हैं और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं जो भी दायित्व तो मिलता है वे अपने दायित्व तो को पूरी तरह से निर्वहन करेंगे ऐसी आशा हम रखते हैं